स्वागत है आप सभी का मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं या मृदुता सरल मृदु तक, तक जैसा कि आप लोगों को मालूम है पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और हमने जाना था टिश्यू मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं मैस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू और जब हम परमानेंट टिश्यू की बात किए थे तो वहां पर भी हमने जाना था मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू कंपाउंडल हमारी बात चली थी कि सरल परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं सरल स्थायी क्या होते हैं उन पर बात चली थी और हमने बताया था कि ऐसे स्थायी उतक जिनकी कोशिकाएं एक ही प्रकार की सरल स्थाई उतक कहलाते हैं और इन्हीं सरल स्थाई स्थायी में आज हम बात करने वाले हैं पेरेन का मृदु तक सरल उतक की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पेरेन काइमा या मृदु सरल उतक क्या है फिर हम जानेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कितने इसके प्रकार या मॉडिफिकेशन होते हैं और इस साथ में हम जानेंगे कि इसके क्या फंशन है तो सबसे पहले हम जानते हैं के बारे में कि ये क्या है और क्या विशेषताएं हैं। देखिए जब हम टिश्यूज की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट प्रिमेटिव टिश्यू सबसे मोस्ट प्रिमेटिव टिश्यू सबसे प्राचीनतम जो उतक होता है वह पेरेन कायमा होता है क्यों क्योंकि सारे के सारे जो टिश्यूज हैं उतक है उनका जो निर्माण है वह इस टिश्यू के माध्यम से होता है इस टिश्यू के द्वारा होता है इस कारण से इसको क्या कहा जाए? मोस्ट प्रिवेटिव टिश्यू कहा गया है साथ ही क्योंकि सारे टिश्यू इससे बन रहे हैं इस कारण से ये फंडामेंटल टिश्यू कहलाता है या आधारभूत उतक कहलाता है दूसरी एक और बात देखें कि इसे अन्य उतको का पूर्ववर्ती उतक माना जाता है माना जाता है क्योंकि सारे उत्तर की उत्पत्ति इसके द्वारा होती है अब सवाल है कि इसका नाम कैसे बना? मतलब सॉफ्ट तो पौधों के सॉफ्ट कोटक है यहां ध्यान रखिएगा यह सबसे ज्यादा संख्या में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला उतक है जो खास करके पौधों के कोमल तथा मुलायम भागों में पाया जाता है ठीक है जैसे कि पत्तियां या जो आर्गें, आ, जो जो अदर सॉफ्ट होते हैं वहां पर ये ये जाता है। है है अगर हम इसकी ओरिजिन ओरिजिन की की बात करें तो ग्राउंड के द्वारा होती भरण विद्युत के द्वारा इसका निर्माण होता है चलिए अब हम देखते हैं कि पेरेंटाइमा की परिभाषा को देखते ये ऐसा सरल स्थायी होता है जिसकी कोशिकाएं पतली वाली तथा समव्यासी होती है कहलाती है, है। तो दो बातें समझ में आई कि ऐसा सरल स्थायी जिसकी कोशिकाएं पतली वित्ती वाली तथा आइसोहेट्रल होती है समव्यासी होती है मृदु कोशिकाएं कहलाती है देखिए जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन का आधार क्या होता है का आधार होता है ना भित्ती कैसी होती है, मोटी होती है या पतली होती है और उस आधार पर जब हम की बात करते हैं तो ऐसा है? भित्ती वाली होती है तथा सम व्या होती है आइशोहेड्रल होती है, होती है, है। चलिए जरा देखे अब हम इसकी विशेषताओं पर आते हैं और जब हम विशेषताओं की तरफ जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं ये डायग्राम आप देख सकते हैं इस डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें पाए जाने वाली जो कोशिकाएं है, कोशिका है, हैं ऐसे ऊतक की जो कोशिकाएं हैं जीवित हैं पतली भित्ती वाली होती है और साथ पहला कैरेक्टर आपको समझ में आ गया हाँ ये कैसी है? जीवित होती है और साथ ही पत्नी भित्ती वाली होती है दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसी के साथ जुड़ी हुई है कि इस प्रकार की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ती है वो सेलोस की बनी आ इस इस प्रकार की की जो की जो कोशिकाएं हैं, है, है, है, ये कैसी हो सकती है एक ही हो सकती है, गोल हो, सकती है, हो सकती है या बहुभुज हो सकती है ठीक है इसके अलावा ये कोशिकाएं परस्पर सटी हो सकती है यहाँ पर आप सटी हुई नहीं देख रहे हैं परस्पर सटी हो सकती है, है।, है चलिए अब यहां पर देखिये ये वाले पॉइंट को जरा अच्छे से ध्यान रखेगा इनमें पाए जाने वाले इनसेल्स के अंदर पाए जाने वाले जो रिक्तिकाये हैं ये छोटी तथा संविधान अब देखिए छोटी छोटी रिक्तिकाए हैं ठीक है थीके? तो रिक्तिकाएं कैसी है छोटी छोटी है लेकिन जब तो तो येगा बड़ा होता है और ये बड़ा कैसे हो रहा है कि छोटी छोटी वैक्यूल जो है आपस में जुड़ गई और लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया इनकी संख्या कम होती है ठीक है एक बात और ध्यान रखें कोशिकाओं में ऋतु कोशिकाओं में रूपांतरण के फलस्वरूप द्वितीय बनाने की क्षमता पाई जाती है ठीक है उनकी कोशिकाओं में रूपांतरण के फलस्वरूप सेकेंडरी मैगम बनाने की इनमें क्षमता पड़ गई तो आपने देखा कियमा क्या है उसकी ओरिजिन कैसी होती है उसकी परिभाषा क्या होती है साथ ही उसकी विशेषताएं क्या होती है अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात आपको समझना पड़ेगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन कायमा हम टाइप्स भी कहते हैं अलग अलग वातावरण में अलग अलग जगह पर पाए जाने के कारण पेरिन अलग अलग प्रकार की तत्पर्य क्या है ऐसे पेरेन कायमा जिनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होती है ठीक है क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा हो गई जिसके कारण वह हरे रंग की दिखाई देती है है। देखिए, मैंने क्या लिखा है कि जिनमें जिन क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है तथा हरे रंग की दिखाई देती है क्लोरेन कायमा कहना अब हरे रंग तो की है तो सीधी सी बात है तो ये क्या काम करेगी फोटोसिथेसिस का कार्य करेगी पत्तियों में पाई जाएगी और पत्तियों में जब पाई जाएगी मीडो कोशिकाओं में, में पाई जाएगी तब ऐसी में ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगी प्रकाश का कार्य करेगी भोजन पदार्थ निर्माण का कार्य करेगी कहा पाई जाएंगे तरुण तने में पाई जा रही है तथा कुछ शाखाओं में पाई जाती है जो हरे रंग की। अब यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर ये यह कोशिकाएं है कोशिकाओं के अंदर हरे रंग की जो है वो बहुत सारे है और जिसके कारण से ये हरे रंग की हो गई है और साथ ही इनके दूसरा प्रकार क्या है एर एरमा मतलब जिसमें एयर स्पेस ध्यान रखिएगा क्या हो एयर स्पेस हो तो ऐसी जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस अंतर कोशी के अवकाश काफी बड़े बड़े होकर एयर चेम्बर बना लेते हैं तब इस प्रकार की ठीक है कुछ याद रखिए याद रखिएयमा या महावायु ऐसे मृदु तक है जिनमें एयर स्पेस पाया जाता है इंटरफिल्लर स्पेस पाया जाता है, है जिसके कारण से एयर चैम्बर बन जाते हैं ठीक है थीके? और ये किस कहा पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं जली पौधों में मुख्य रूप से जली पौधों में पौधों में पाए जाते हैं हैं तो तो आपको मालूम होगा कि पौधे फ्लोटिंग तो करते रहते दूसरी बात यहाँ पत्थियों की वाला जो तो एग्जाम्पल हमने दिया है काइमा काइमा काइमा। काइमा के साथ साथ का भी एग्जांपल है। चलिए आगे चलते हैं। हैं, तीसरा है या जिसको हम बोलते ऐसे जिसकी चौड़ाई की तुलना में, में लंबाई अधिक जिसकी चौड़ाई की तुलना में को ऐसे प्रोजेन कायमा कहलाते हैं दीर्घ उतक कहलाते काइमा काइमा ऐसे जिसमें या इसको दूसरे तरीके से परंतु कोशिकाएं तारे के आकार मतलब जिसमें इंटरसेलर स्पेस पाए जाएंगे लेकिन हिंदी कोशिकाएं जब कैसी जाए तारे के आकार की हो जाए सेटेलाइट के आकार की हो जाए तब हम इसको क्या कहते हैं ऐसा मृदक उत्तर जिसकी उसी का लंबी उपर एक हो जाती थी। है ठीक है? ऐसा होता ऐसा मैदू तक ताग जिसकी कोशिकाएं होकर एपिडर्मिस के नीचे हो जाती हैं तथा एपीडर्मिस बहुत कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर आप बिल्कुल क्या है और पेरेट का इम कैसा है जब इसकी कोशिकाएं कैसी हो गई लंबे आकार की हो गई और लंबे आकार से होते कहा के नीचे स्थित हो गई, ठीक है? है तो इस तो की जो टिश्यू टिश्यू वो कहला रहा चलिए अंतिम देखते स्टोरेज स्टोरेज स्टोरेज का मतलब क्या होगा? स्टोर करने वाला ठीक है स्टोर करने वाला तो स्टोरेज पेरे का तरीका है ऐसे पेरेन्टाइमा ऐसे मृद्यु तत्व जिसकी कोशिकाएं भोज्य पदार्थों को करती है, संग्रहण करती है ऐसे कहलाती है, है, कहला है। चलिए अब हम इनके कार्य देखते हैं। है, जब हमने मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स में अपने से पड़ा? क्या काम करिए फोटोसिंथेसिस काम कर रही है, का का कर है। क्या काम कर रही है स्विमिंग और रिस्पायरेशन में मदद कर रही है क्या काइमा, टिश्यू और का भी काम हमने देख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं में। हम समझते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं वैसे काम तो हमने इधर ही देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है सबसे पहला फंक्शन देखिए भोज्य पदार्थों तो का निर्माण करने का कार्य करते हैं आपको मालूम है कि जो क्लोरिन कामा है का क्या पाया जा है क्लोरोक्स पाया जाता है जिसमें फोटो होगी और फोटोसिंथेसिस होगी तो मुझे पदार्थों का निर्माण होगा और इसी के कारण तो पौधे भाई हर करता है तैरने और शोषण में सहायता मृदु तक जो है भोज पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य करता है विभिन्न प्रकार के जो लिपिड्स है फैट्स है ऑयल ड्रॉप है या अन्य है है उनको storage करने का का कार्य इनके द्वारा किया जाता जो terrestrial plant होते हैं हैं हैं में में हम किसकी बात plant की, की, और में ये का करते करते की पौधों पौधों और ये काम अब यहां पर देखिए पहले से हमने देखा और ये क्या करेंगे? का करेंगे हमने क्या देखा हमने ये देखा जो पेरेंट का कार्य करती है, का है तो इसमें का इस डिविजन की क्षमता पाई जाती है क्षमता पाई जाती है और विभाजन की क्षमता पाए जाने के कारण यहाँ पौधों को अगर चोट लग जाए तो चोट के घाव को भरने में और सेकेंड ग्रोथ में ये सहायता करती है। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि चूंकि इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है भाव में करती। तो इस प्रकार से आपने देखा को यहां जाना की इसकी उत्पत्ति कैसी होती है यह क्या है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है साथ ही आपने जाना कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन पाया जाता है कितने प्रकार की होती है और इसके क्या कार्य होते हैं उम्मीद करूंगा कि पहमा को मृदक को समझने में यह वीडियो आपकी सहायता करेगा अगर आपकी सहायता करेगा तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में दें चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टिश्यू के साथ तब तक के लिए नमस्कार